बैक मंथ हैं तो भाई हम लोग हम लोग ये रिसर्च करने वाले हैं हाउ टू अर्न फिफ्टी रुपीज़ पर डे तो आप पचास रुपया कैसे हर दिन कमा सकते हो पर डे तो आपको एक एप्लिकेशन दे रहे हैं ठीक है हाउ टू अर्न बनी फिफ्टी रुपीज़ ठीक है तो आप पचास रुपया भी पर डे कमा सकते हो हर पर डे कमा सकते हो तो आपका एप्लीकेशन का नाम भी बता दे रहा हूँ का नाम है पुभावेंट लीग एम पी हो गया एमपीएल गेट, पी में आप चाह तो सौ रुपया पचास रुपया बीस रुपया आप कमा सकते हो पर डे कमा सकते हो वैसे आप गेम खेल खेलते कमा सकते हो पर डे ठीक है पर डे आप पैसा कमाते खेल सकते हो और एक ऐप है पिर्जा फिर्ज़ा में आप थर्टी रुपए कमा सकते हो थर्टी रुपीज़ मैंने थर्टी रुपये फिर्जा भी विद्रा भी किया है मैं आपको मैं प्रूफ भी करता हूँ फिफ्टी मैंने पेमेंट किया है मैं अपने स्क्रीन पर भी दिखाने वाला हूँ और एक और ऐप है टारका टाटवा में आपको टापम के लिए मानो ये तेज रुपये अगर रिचार्ज नहीं करवा पा रहा है तो ये टाकवा इनके लिए बनाया ठीक है।, है और एक, एक और ऐप है कैश कैश एक कैश बैक्स ऐप है इस पर तो आप ट्वेंटी रुपी कमा सकते हो बट कैश बैक एक ऐप है स्प्रीन तो करते हैं कोई गेम खेलने को नहीं मोबाइल एनपीएल में क्या है एम आपको गेम खेलना पड़ेगा एम में गेम खेलना पड़ेगा एम में खाली और फिर्जा में क्या है आप टाक मिलेगा करो एप्लीकेशन नाम करो बस तो आपको ये पेमेंट को दिखाते अभी ठीक है तो वीडियो बनाने में ठीक है आप स्क्रीन स्क्रीन पर देख रहे हो आप ये वाला जरा स्क्रीन है तो आपको एक, एक एप्लीकेशन बता रहे हैं चार एप्लीकेशन है अर्निंग एप्लीकेशन यही वाला का एक एप्लीकेशन है ये वाला आप डाउनलोड कर लेना डिस्कशन में नीचे चार एप्लीकेशन होगा और एंडर से कोड भी दिया होगा ये टी वी डाल लेना तो आपको और एक्स्ट्रा मिलेगा आपको ठीक है ये है कैश कैश बैच है फिजा है टाक बाग है एम है, एल है वो तो आपको पहले फिडजा और पहले फिजा वाला दिखाते पेमेंट पेमेंट पेमें प्रूफ ये देखो गाई फिडर आप चला ही होगे चाहे आप गाई ये वाला है यहाँ पे, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ ये गाइक है यहाँ पे, देख रहे हो ये वाला खाई ये पेमेंट प्रूफ है पूरा आप स्क्रीन पे देख रहे होगे ये वाला पेमेंट प्रूफ मैं आपको पे खोल के दिखाता हूँ देखा ये है ये देखो मेरे पेमेंट प्रूफ मिला था थर्टी रुपीज़ ये देखो कैश मिला था कैशबैक रिसीव फ्रॉम थर्टी रुपीज़ ठीक है ये मुझे मिला था वाइफ प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मिला था देखा ये मैं आपको पेमेंट प्रूफ दिखा रहा हूँ और मुझे टेन रुपीज़ और मिला था ये टार्का की तरफ से ठीक है ये देख रहे हो कैश रिसीव टेन टोटल टोटल 40 रुपीज़ हो गए और मैं 40 रुपए और मैं कमाता हूँ और मैं एम पी का दिखाता एम पी एल का एम पी एल बुबाई लीग में इतने मेरे बॉक्स चालीस रुपये कमाया है अब मैं आपको आपके शाम में फोर्टी रुपए में विदड्रा कर दिखाता हूँ 40 रुपये कैसे विदड्रा करते हैं ठीक है आप बीस आप बने हुए और इसकी बुक मत करना ठीक है यही एम है जहाँ गेम खेल के थे पैसा कमा सकते हो ये देखो मेरे पास इतना देखो इतना पैसा है 40 रुपये का ये रखा हूँ मैं 40 रुपए का मैं ये लखा हूँ विनिंग कैश और बोन कैश मेरे पास वन सेवेंटी है और 40 रुपए का विनिंग कैश है अब मैं आपके सामने में विथड्रा कर दिखाता हूँ विदड्रा कैसे करते हैं तो वीडियो में आप बने रहना चलो गाइस तो विदड्रा पे जाइए यहाँ पे विदड्रा पे बाद यहाँ पर मेरा गी दिख रहा होगा यू ये हम क्लिक करेंगे यू अब आई में पेमेंट डालता हूँ मैं फोर्टी रुपीज़ है तो मैं डालता हूँ थर्टी रुपीज़ डालता हूँ चलो चलो थर्टी नहीं 40 डालो पूरा पेमेंट कर दे रहा हूँ ठीक है तो आपके साथ ही मैं कर देता हूँ यहाँ पे फोर्टी रुपी ठीक है विदड्रा कर दिखाता हूँ यू पी से कर रहा हूँ गूगल पे से गूगल पे का है ये तो मैं यहाँ पर फोर्टी रुपीज़ कर दे रहा हूँ कि जो प्रोसेसन रुक के छोड़ा है विड्रा प्रोसेसन अभी आ रहा लिखते या लिखा है एफ एट, में टेक, देख ये को पैसा आ गया डी एल बी आई यू पी आई यूजर अकाउंटो आगे का बेचल पंजाब नेशनल बैंक के तरफ से बेचल आ गया कि डी एर कथमर योर अकाउंट मेरे को रिसीव हो गया डी एर कथमर योर अकाउंट क्रेडिट फॉर रुपीज़ फोर फोर्टी रुपीज। ठीक है तो मैं मैं ये वेसल भी आ गया आपके पंजाब नेशनल बैंक में और ये देखो फोर्टी रुपी में रिसीव भी हो गया टूरेंट तो टूडेंट रिसीव हो गया तो कहीं यही आप है आप इतने आसानी से पैसा कमा सकते हो बहुत ईजी ट्रिक्स है ठीक है ये एम है इतना आप गेम खेल के थे ऑफर भी चलता है बढ़िया बढ़िया एम में आप फिफ्टी रुपी कमा सकते हो ये देखो कहीं ये में ये देखो एक ऑफ़र चल रहा है यहाँ पर ये देखो यहाँ पर एक ऑफ़र चल रहा होगा आपको पता होगा कैसे ये ऑफ़र है ये ऑफ़र चल रहा होगा ये ये ऑफर ये फोर थाउजेंड स्कोर ऊपर ले आएगी तो फोर थाउज़ेंड तक ले आएंगे तो आपको तीन रुपया मिल जाएगा ठीक है मान लो आपको इतना नहीं लाना मान लो आपको हाइस्ट लाना था आप इतना भी ले आए थे वो फिफ्टी इस्कोर ये का आप कर सकते हो ठीक है मैं आपको और, और एक और ऐप है कैद बजी बट इतना ख़ास ऐप नहीं है बस सबसे बेस्ट ऐप है एम पी एल आप एम पी एल में पैसा कमा सकते हो बहुत अच्छी तरीके से आप डिपॉजिट डिपॉटिकश आप मान लो एक हफ़्ता दो हफ़्ता नहीं खेले तो आपको एम पी एल वाला ख़ुद ही आपको दे देगा ट्वेंटी रुपीज़ प्रोमो कोड हमको दिया भी था ट्वेंटी रुपीज़ और हमको देखो कैश रिसीव भी हो गया आपके शाम मैं देख दिखा दे रहा हूँ ठीक है कैश रिसीव भी हो गया देखा यही वीडियो है गाइस तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो पे भी शक्पैप करें नीचे एक बैल अंक का बटन होगा दबाइए ये और नए नए वीडियो राइट पाए तुरंत आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पैर आए